आज हम करेंगे कुछ मजेदार चैलेंज आज के वीडियो में बहुत मजे आने वाला है तो चलो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट राउंड स्टार्ट सेकेंड <laughs> राउंड <laughs> डी गेट सेट गो बोर्डिंग से टच नहीं करना है Book को से दूर करो. So second round में जस्सू का स्कोर जीरो रहा अशमीत का स्कोर रहा वन अब होगा अशमीत और जस्सू का फाइनल राउंड जो फाइनल राउंड में जीता वही सिकंदर और जो वो वो <laughs> चलो बुक को टच नहीं करना है बॉडी के साथ दोबारा से सा अपनी सीट पर जाओ यस अब रेडी वन टू गो जस्सू की बॉल गिर गई और इस राउंड में भी जस्सू का स्कोर जीरो और अश्मीत का स्कोर रहा वन पिछले राउंड में और वन इस राउंड में अश्मीत का टोटल स्कोर हुआ टू और जस्सू का टोटल स्कोर हुआ जीरो तो इस गेम में विनर है अशमीत yeah! तो अब स्टार्ट होने जा रही है अश्मीत और जसू की लेमन स्पून रेस देखते हैं लेमन स्पून रेस में कौन जीतता है और कौन हारता है रेडी राउंड वन रेडी स्टेडी एंड गो अश्मीत और जस्मीत दोनों चल रहे हैं अरे अरे अरे क्या ये क्या ये क्या ये क्या, क्या। जसू पीछे रह गया और अश्मित आगे निकल गया एक राउंड कंप्लीट हो गया सेकंड राउंड स्टार्ट सेकंड राउंड में भी ओ सेकंड राउंड में जस्सू का स्पून गिर गया और अशमीत का भी स्पून गिर गया दोनों का फाउल हो गया फर्स्ट राउंड का स्कोर वन सेकंड राउंड का स्कोर जीरो जीरो तो बच्चों अब होने जा रहा है अशमीत और जस्सू का फाइनल राउंड तो देखते हैं फाइनल राउंड में कौन होता है विनर स्टार्ट करते हैं क्या क्या बोले हो हाँ मैंने को बोला फाइनल राउंड में जो जीतेगा वो होगा सिकंदर जो हारेगा वो होगा बंदर मैंने बोला ही नहीं मैं कह रहा हूं जो जीतेगा वो होगा विनर था था। चलो रेडी स्टेडी वन टू थ्री स्टार्ट जस्वी का सरासर चीटिंग हो रही है सरासर चीटिंग तो स्टार्ट करते तो हैं बोथ प्लेयर्स रेडी यस यस ओ स्टार्ट करते हैं गेम फाइनल राउंड रेडी स्टेडी वन टू थ्री गो आराम से आराम से आराम से जस्सू आराम से आराम से चलो आरा, जस्सू का लेमन एक बार नीचे गिर गया है और ये फाइनल राउंड में जसु का लेमन दो बार नीचे गिरा और अश्मीत हुआ इस राउंड का विनर yeah! सू नाराज हो गया है लगता है जस्सू से हार बर्दाश्त नहीं हुई तो बच्चों अब होने जा रहा है अशमीत और जस्सू का बोनस राउंड तो देखते हैं बोनस राउंड ये ऑलरेडी फिक्स्ड है कि इसमें हमने विनर जस्सू को बनाना है तो राउंड स्टार्ट करते हैं Ready, steady and go. Oh, <laughs> देखा, ये तो इस राउंड में अब जस्सू ही होने वाला है इस राउंड का फाइनल विनर मैं कोई बात नहीं ये तो हमने जस्सू को खुद से ही जिताया है नाराज हो गया था दोस्तों कैसे लगा आपको हमारा आज का वीडियो आज के वीडियो में आपको सबसे अच्छे से कौन सा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करेंगे अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल बटन को प्रेस करने से हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएगी वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक यू थैंक यू